कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे सभी लोगों हाँ को पता है सुन छोटे भाई तू गलत है क्या आप सभी लोगों को भी यही करेक्ट आंसर लग रहा था ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और अपना छोटा भाई समझ के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे मामूलो एंड फ्री फायर के टोटल सर्वर है